नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें व्यापार एवं बाजार के प्रति आकर्षित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में हाथ को काम मिल सके हर हाथ को काम मिल सके और उनकी आमदनी को दुगना किया जा सके मुख्यमंत्री आज यहाँ कृषि क्षेत्र निदेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में बोल रहे थे चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प वो अपने लिए भी है प्रदेश की सरकारों के लिए भी है किसान जगत में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं सामान्य खेती करने वाला व्यक्ति उसको बिक्री की भी बड़ी समस्या थी या उस अपनी क्वालिटी को अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज कैसे सुधारा जाए ये भी उसकी समस्या थी किसान जैसा पैदा करता है वैसा ही सोचता बिक जाए ग्राहक चाहता है कि नहीं इसकी शेप बढ़िया हो इसका स्वाद बढ़िया हो इसको मेरे घर में ही आ जाए चीज़ पैकिंग इसकी अच्छी हो तो उसकी चाहत हो गई उस बीच में हमारा काम शुरू हुआ कि हम जो फूड के प्रोडक्ट में फूड के रिलेटेड जितनी प्रोसेस है उसको करने के लिए कंपनीज आगे आई हैं मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं इन कंपनीज का कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है इसमें से कॉस्ट भी कम होगी इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जा करके मिलेगी खरीदार को और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ उसका प्रोडक्ट जो है वहीं उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए तो ये सारे काम साथ चलू चल गए हर एक काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं तो ये प्रोग्राम तय हुआ के फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए एफपीओस तो एफपीओस का जो कल्पना बनी हमने इसको चार पांच साल पहले शुरू किया था 2016 में शुरू किया और मुझे खुशी है आज के 600 के लगभग एफपीओस बने हैं एफपीओस का और कंपनीज का जो हमारा लगभग 30 एफपीओस और 30 कंपनीज ने आपस में जो एमओयू किए हैं इसमें हमारे एम के माध्यम से एफपीओ की इनकम बढ़े हम उन कंपनीज के माध्यम से अपनी जो सेवाएं हैं उनको दें और जो भी हमारा अर्निंग है जो हमारा फेचिंग ऑफ मनी है वो कैसे हम पासऑन करें टू फार्मर्स थ्रू एफपीओस तो इस एफपीओस की एक सेंकटी एक सार्थकता ये हमारी तभी बनेगी किसान भी तभी, तभी इसमें आगे बढ़ेंगे जब उनको इन एफपीओस का जुड़ने के बाद कुछ इनकम आएगी कुछ उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा छोटे छोटे किसान मिल करके एफपीओ बनाएंगे तो एक प्रकार की कोपरेटिव खेती का ही प्रकार है ये तो एफ पी के जो संचालक हैं वो भी ज़्यादा ज़्यादा किसानों को लाभ कैसे हो इसकी ओर आगे बढ़ें